दोनों जब

आ भाई हाँ क्या कह रहे हैं

उम्र देखो अम्मा जी की देखो एक बार सभी दोनों हाथ उठाओ जिनके बच्चे देख लो जी आओ ताली से उठाओ दो अम्मा के लिए जो अम्मा से प्यार करते हैं अंकल जी एक बात कर, अम्मा को इलेक्शन में खड़ा कर दो विजय हमारी होगी

बस तो सुदामा सुदामा की ये भाई सुदामा जैसे लग रहे लग रहे हैं हम बहुत अच्छे दरबार के एक बार अंकल जी हमारा जाकर अलीगढ़ में हम पहुंचे थोड़ा लेट हो गए

थोड़ा सा आगे चले हम एक अंकल जी खड़े थे मैंने कहा अंकल जी कहीं जागरण हो रहा है कह रहे हम भे फिर थोड़ा आगे बढ़े हम फिर एक भाई साहब मिले मैंने कहा भाई साहब आसपास जागरण हो रहा है कह रहे आगे से सीधा चले जाओ हम भे पहुंचे हम थोड़ा सा आगे। मैंने फिर एक भाई साहब मिले मैंने कहा अंकल जी एक बात बताओ यहाँ कहीं जागरण हो रहा है कह रहे हाँ जी बेटा आगे चले जाओ राइट में गली में जागरण हो रहा है मैंने उनसे पूछा मैंने कहा अंकल जी एक बात और बताओ मुझे

हाँ हम बे के हो रहे बेटा बात सुन जो तो हमें ज्यादा पढ़े लिखे वो कह रहे हैं हाँ जी और जो हमें कम पढ़े लिखे वो कह रहे मैंने कहा अंकल जी आप ज्यादा पढ़े लिखे वो कह हैं हम बे वो सच्चे दरबार की उठा दो बता मेरे

गया दीदी वो चुप चुप खाने हो जानूरी कोई बातें चुप चुप खाने हो जानूरी कोई बात चुप चुप खाने हो जानूरी कोई बात चुप चुप खाने हो जरूर, कोई बात पहली मुंजा खाते

जय माता की अपनी जगह पर खड़े हो जाओ जी आंटी जी कुर्सी को छोड़ दो रोज लड़ाई होती हुई पार्लियामेंट में कुर्सी के चक्कर में क्या कहने रहे

क्या कहना है कहना दी दीवाने बनी जाओ कहना दी दीवानी बनी जाओ महाराजी दीवानी बनी जाओ दीवानी बने जाओ बने जाओ दीवानी बने दी दीवानी बन जाओ कहाना दी

रिवा के बिहारी की देख देखा देख चटा मेरा मन है